अरे भैया मैं आधे घंटे का लाइन में लगा हूँ यार भैया पीस मुझे दे दो भैया पहले भैया ओ भैया मुझे दे दो पहले आ, बहुत यार बहुत भीड़ है यार इधर बहुत भीड़ है